नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है जहां पर कहा गया है 18 से लेकर के 44 प्लस जितने भी वैक्सीन लाभार्थी हैं उनको अब बिना पंजीकरण डायरेक्ट वैक्सीन दिया जाएगा यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है तथा यह समाचार पत्रों में इसकी जानकारी दी है सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो होंगे और जो भी लाभकारी बातें होंगी वे आप तक सीधे पहुंचेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ देख सकते हैं 18 से लेकर 44 वर्ष वालों को बिना स्लॉट बुक किए भी वैक्सीन दिया जाएगा यानी टीका दिया जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 18 से लेकर चौवालीस साल के लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए पूर्व पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं होगी यानी पहले क्या होता था कि 18 वर्ष के हैं तो आपको वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा लेकिन अब क्या है कि यहां पर पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है बल्कि वह 45 साल से अधिक की आयु लोगों की तरह केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराकर हाथों हाथ टीका ले सकते हैं यानी अठारह वर्ष के जो भी हैं लाभार्थी टीका जो लेना चाहते हैं वे बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए केंद्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हाथों हाथ उनको टीका लगा दिया जाएगा जबकि पहले यह तय किया गया था कि उन्हें कोविन पोर्टल पर पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा पहले यह था आपको पंजीकरण कराना पड़ता था वैक्सीन लेने से पहले और पंजीकरण तो करा लिए स्लॉट बुकिंग में दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन लग जाते थे इंतज़ार करते करते और क्या होता था कुछ लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन किए स्लॉट बुक हुआ कुछ लोगों का नहीं हुआ वे छूट जाते थे इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि एक मई से अट्ठारह से लेकर चवालीस प्लस जितने भी आयु वर्ग के हैं टीकाकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है अठारह वर्ष के जो हैं एक मई से स्टार्ट किया गया था आपको पता होगा यह सुविधा सिर्फ सरकारी टीकाकरण केंद्रों पे होगी निजी अस्पतालों में यह सुविधा नहीं दी पाई है सरकार तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य भी लोगों को इसकी जानकारी मिले भीड़ में जाने से बचें तथा मास्क का प्रयोग करें बराबर निरंतर अपने हाथों को धोएँ जिससे आपके और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जा सके धन्यवाद